खैर करे कि हम नेक्स्ट जोन से है की हम फाइनल जीते प्लीज हाथ तो गए हैं, हार तो गए हैं पर हार माननी पड़नी है इंग्लैंड भी हमारा कंट्री है हम इधर रह रहे हैं सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो बस जिंदाबाद दिल दिल पाकिस्तान मोहम्मद भाई जिंदाबाद वाला काम नहीं चलना अच्छा नहीं चलना हाँ। साहब नैंड की सिफारिश से आए थे ना आगे तो सिफारिश एक लिमिट तक सिफारिश चलती है चाहिए हमारी बोलिंग की लेकिन सिफारिश करके अगे पहुंचे थे जितना बन की मतलब कोई नाइन टू नाइन टू नाइन टू तीस आपने हार गया तो एस फैंस ये हमारी हमारी है है और यार ये हमारी है उनके साथ वरना क्रिकेट का भी वो ही बैडमिंटन वाला वाला टेबल टेनिस नहीं तो हाँ आपसे प्यार करते लेकिन खुदा का वास्ता यार प्लीज यारेदरलैंड खावा तो 92 के साथ कंपैरिजन करना जी, जीते थे 92 में कब जीते थे अभी हार गए करते हैं करते हैं